सुन मेरे खुदा में रहू मैं चाहे ना मेरी माँ का तू रख न खया मेरी एक ही दुआ मेरी माँ रहे सदा मेरा और ना कोई सहारा oh!